रबा मेरे दिल के नान मुझे खाब में मिले उसे तू लगा दे अब करे तेनू दिल दास रबाया रब आया दिल के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेन दिल दासद था हंसे आना हाँ चाहूँ रात दिन से रब मेरे से कर दिल तेनू दिलदावासा अज दिन I yeah. said. Yeah.